आधी आबादी हूं मैं हस्ती हूँ जब खिलखिलाकर तब क्यों तुमको चुप जाती हूँ हंसती हूँ जब खिल खिलाकर तब तुमको क्यों चुप जाती हूँ जब टूटकर बिखर जाती हूँ तब कौन से सुकून में तुम डूब जाते हो वाह वाह वाह वा, वा, वा। जब नाम से मैं पहचानी जाती हूँ तब क्यों तुम सहम जाते हो जब नाम से मैं पहचानी जाती हूँ तब तुम क्यों सहम जाते हो क्यों तुम्हें अच्छा लगता है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 मगर सरपंच का चुनाव लड़ जाती हूं राजपद पर सेना की कमान संभाल लेती हूं राजपद पर सेना की कमान संभाल लेती हूं तिरंगे को सलामी देना भी जानती हूं डरवाला की सती भी मैं ही हूं जहर का प्याला मीरा भी मैं ही हूं बा, बा, बा, बा। आए आज आए अगर मान को तो जौहर भी कर जाती हूं बिहड़ की फूलन हूं मैं और मानसिंह की मृगनैनी भी बन जाती कभी कभी झलकारी अवंती कमलापति भी तो मैं ही हूं कभी झलकारी कभी अवंती कमलापति भी मैं ही हूं मर्यादा का घूंघट ओढ़ लेती मर्यादा का घूंघट ओढ़ लेती शॉर्ट स्कर्ट में नारी का सम्मान भी मैं सर झुकाकर सम्मान में देती ठेस पहुंचे तो झांसी की रानी बन जाती बारे। बारे। सर झुकाकर सम्मान में देती ठेस पहुंचे तो झांसी की रानी बन जाती हूँ हु। कोमल हूं छूने से मुरझा जाती हूँ तोड़ने की कोशिश करे तो माँ काली में बन जाती हूँ बार मैं निराला की तोड़ती पत्थर मैं ही कविता की महादेवी हूँ मैं, मैं निराला की तोड़ती पत्थर मैं ही कविता की महादेवी हूँ दहेज की अग्नि में जल जाती हूँ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 पर मेरे हक पर इतने सवाल क्यों अपने हक के खातिर आधी आबादी से लड़ जाती हूं मैं आधी आबादी हूं मैं शुक्रिया आज के लिए इतना ही आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही किसी महफिल पे। तब तक के लिए धन्यवाद आप देख रहे हैं